नमस्कार दोस्तों 25 जनवरी 2023 हजार शाहरुख खान की पठान मूवी रिलीज होने वाला है लेकिन मूवीज रिलीज होने से पहले बीजेपी पॉलिटिशियन के साथ साथ बॉयकॉट गैंग और अंधे भक्त निकल पड़ते रास्ते पर इस मूवीज को बॉयकॉट करने के लिए जब मूवीज में बॉयकॉट करने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो मूवीज में एक्ट्रेस की पहनी हुई बिकिनी कलर को मुद्दा बनाकर इस मूवीज़ को बॉयकॉट करने की मांग करने लगा है अब एक तो होता है भक्त तो जो लोग किसी भी चीज को यकीन करने से पहले उसको सवाल करता है फिर जवाब ढूंढता है फिर सही और गलत के आधार पर चीजों को एक्सेप्ट करता है दूसरी तरफ बताए अंधे भक्त ये लोग जिसको अपना आइडियल या फिर मीडार मानते हैं इसका लीडर जो भी कहता है उसको अंधाधुन अकीन करके रास्ते पर निकल पड़ते हैं चीजों को बोईकट करने के लिए अगर इन लोगों को रिजल्ट पूछा जाए तो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किस वजह से भोयकट किया जा रहा है अब भगवान गीता की चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि ज्यादा ज्यादा ही धर्मोत्सव ग्लानी तदात्मानं भारत यानी जब जब भारत में धर्म संकट में आएगा तब तब मैं अवतार लूंगा लेकिन आज की डेट में जो सो धर्म शोकदार हैं इन लोगों ने इस बयान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि जब जब भारत में कोई भी मुस्लिम एक्टर फिल्म रिलीज करेगा तब तब हम आगे निकलेंगे उस मूवीज को बोयकॉट करने के लिए अगर उस मूवीज में बोयकॉट करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी हम एक नुस्खा ढूंढी लेंगे चाहे उस मूवीज में पहनी हुई एक्ट्रेस की बिकिनी की कलारी क्यों न हो हैरान कर देने वाली बात यह है कि चाइनीज ट्रॉप अरुणाचल प्रदेश की तबांग एरिया में घुस गया था लेकिन ये छोड़कर मूवीज में पहनी हुई एक बिकिनी का कलर आज एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जिस पर न्यूज चैनल डिबेट करा रहा है अब इसी तरीके ऐसी हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीके ऐसी विकास हो रहे हैं और इतना ही नहीं यूपी एम का चीफ मिनिस्टर भी उस मूवीज में पहनी हुई बिकिनी की कलर को लेकर स्टेटमेंट देते हुए पीछे नहीं हटा अब धर्म के ठेकेदार के साथ साथ बीजेपी की पॉलिटिशियन बस लोगों को मेनुपुलेट करने की प्रयास कर रहे हैं और कैसे लोगों के ध्यान को देश की इश् से हटाने की प्रयास किया जा रहा है आइए देखते हैं तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें तो साल दो हजार में पहली बार किसी हिंदी मूवीज को बोयकॉट करने की मांग किया गया था उस मूवीज का नाम था डार्कि पिक्चर और उस मूवीज में तीन एक्टर के साथ सिर्फ एक ही एक्ट्रेस था और उस वक्त इस फिल्म से सोसाइटी में अश्लीलता फैल सकता था और इसी वजह से तेलंगाना हाईकोर्ट में केस किया गया था अगर देखा जाए तो उस वक्त सही लॉजिक था उसके बाद दो में गलियों की रासलीला रामलीला मूवीज को बोयकट करने की मांग किया गया था क्यूँकी मुवीज का टाइटल अश्लील था इसीलिए उसको बोयकट करने की मांग किया था दो हजार में पीके 2017 में लिविस्टिक अंडर में बुखा, 2018 हजार अठारह में पदमावती और आज की डेट में कोई भी मुस्लिम एक्टर कोई भी फिल्म रिलीज करता है तो बोयकॉट गैंग और बीजेपी की पॉलिटिशियन निकल आते हैं उस मूवीज को बोयकॉट करने के लिए अगर मूवीज को बॉयकॉट करने के लिए कुछ रीजन नहीं मिलता तो मूवीज में पहनी हुई एक्ट्रेस की बिकिनी की कलर को लेकर ये लोग बॉयकॉट करने लगता है पाठन मूवीज में बेसरमी संघ आरोप दीपिका पाडुकन एक ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनकर डांस करते हुए दिखाई देता है अब इस कलर को आप भगवान रंग भी कह सकते हो आप बीजेपी के पॉलिटिशियन और भक्तों ये डिमांड करता है। कि भगवान की बिकिनी पहनकर अश्लील तरह से डांस कर रही है और इससे सनातन धर्म की अपमान हो रहा है और साथ ही साथ समाज में अश्लीलता फैल रहा है लेकिन क्या सनातन धर्म की किसी भी किताब में ये लिखा हुआ है कि भगवान की बिकिनी नहीं पहनना चाहिए और अगर प्रॉब्लम भगवान की बिकिनी से है तो फिर सबके लिए रूल एक जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं की कोई बीजेपी को प्रमोट करता है तो उसके लिए सही है और कोई मुस्लिम एक्टर है और उस मूवीज में कोई एक्ट्रेस ने भगवान की बिकी पहना है तो वो सनातन धर्म की अपमान कर रहे हैं और जब महाराज राजूदास ने कहा की दीपिका पादुकर बेसर भी संग भगवान रंग की बिकिनी पहनकर अश्लीलता है समाज में अश्लीलता सा है साथ ही साथय कु हिम्मत होता क्यूँकी शायद आपने अक्षय कुमार की भूल भूलिया गाना सुनाई तो होगा जिस गाने पर अक्षय कुमार के साथ जो मॉडल डांस करते हुए दिखाई दिया वो मॉडल भगवान रंग की ड्रेस पहनकर अश्लीलता से डांस करते हुए दिखाई दिया लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होगा अक्षय कुमार के खिलाफ आवाज उठाने का या फिर अक्षय कुमार की मूवीज को बोयकॉट करने का क्योंकि अगर गलत है तो फिर दोनों ही तो गलत है ना फिर भी क्यों अक्षय कुमार के खिलाफ करने का किसी का हिम्मत नहीं है क्योंकि अक्षय कुमार बीजेपी को प्रमोट करता है इंदौर में लोग पठान की पोस्टर को चलाने लगा और साथ ही साथ एम की जो चीफ मिनिस्टर नरोत्तम स्वामी है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया की इस मूवीज में जो ऑब्जेक्शन वाला सीन है इसको अगर हटाया नहीं गया तो फिर हम सोचेंगे इस मुवीज को एम में चलाना है या फिर नहीं साथ ही साथ यूपी के चीफ मिनिस्टर जोगी आदित्यनाथ ने भी कहा शाहरुख खान जो कर रहा है ये सोसाइटी में अश्लीलता फैलाने की प्रयास किया जा रहा है अब क्या स्टेट में आम जनता की कोई परेशानी नहीं है क्या बिकीनी को लेकर एक चीफ मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए क्या इसीलिए आम जनता ने वोट देकर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया था और रही बात अश्लीलता की या फिर भगवान ड्रेस की तो फिर रोबी किसान जो की बीजेपी की लोकसभा मेंबर है जिनकी कई सारी फिल्म में आप देख सकते हो एक्ट्रेस ने भगवारंग की ड्रेस पहना हुआ है और रवि किसान अश्लीलता से उस एक्ट्रेस के साथ डांस करते हुए दिखाई देगा दिखा। लेकिन क्या नरोत्तम शामी या फिर जोगी आदित्यनाथ का हिम्मत होगा रवि किसान के खिलाफ आवाज उठाने का या फिर उनको भूकट करने का या फिर रवि किसान अगर भगवारंग की ड्रेस पहने हुई एक्ट्रेस के साथ अश्लीलता से डांस करते हैं उससे सनातन धर्म के अपमान नहीं होता क्यूँकी रवि किसान बीजेपी की मेम्बर है इसीलिए अब चाइनीस रोप अरुणाचल प्रदेश की ताबंग में घुस गया था साल में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था आज की रेट में है एट ग्लोबल हंगार इंडेक्स में, out of .21 country में इंडिया का रैंक है 1.07, बांग्लादेश से भी नीचे दिन बाद दिन रुपीस का वैल्यू गिरता जा रहा है लेकिन इन सब चीजों से ना ही तो को कोई मतलब है और ना ही न्यूज चैनल से पोलिटिशियन लोगों के ध्यान को मेनिपुलेट करने के लिए न्यूज चैनल का इस्तेमाल करके बस लोगों के ध्यान को इन सब मुद्दों से हटाने लगा है अब मूवीज में पहले हुई बिक्री का कलाम एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जिन पर न्यूज चैनल डिबेट करा रहा है बाबा रामदेव ने ऑन रिकॉर्ड एक बात कहा था कि औरत को बिना कपड़ों के अच्छा लगता है साड़ी पहन के भी अच्छी लगती है आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती है और मेरी तरह ऐसी कोई भी भी पहने तो भी है क्या ये स्टेटमेंट सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट नहीं फैलता क्या ये स्टेटमेंट सोसाइटी में अश्लीलता नहीं फैलाता क्या सनातन धर्म औरत के अपमान करना सिखाता क्या इस बात से सनातन धर्म की अपमान नहीं होता है लेकिन तब किसी ने आवाज नहीं उठाया और ना ही किसी का हिम्मत है रामदेव के खिलाफ आवाज उठाने का क्यूँकी रामदेव बीजेपी को प्रमोट करता है अब बीजेपी की पॉलिटिशियन साध्वी प्रोयिका ने कहा कि अगर आप सच्चा हिंदू हो तो इस मूवीज को ना ही तो देखोगे और न ही तो चल गए मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ कि कोई फिल्म न देखे कि आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे जब कोई मूवीज को एफएफओ एप परमिशन देता है रिलीज करने के लिए तब किसी का कोई हक नहीं बनता उस मूवीज को बॉयकाउट करने के लिए क्योंकि सरकार जांच करने के बाद ही उस मूवीज को परमिशन देता है रिलीज करने के लिए अगर आपको मूवीज से कोई दिक्कत है तो आप मूवीज़ मत देखिए लेकिन करने का कोई हक नहीं है फिर भी साधवी प्रियंका जी से मेरा एक सिंपल सा सवाल है की मूवीज को बॉयकाउट करने के पीछे रीजन क्या है यह तस्वीर आप देख सकते तो, हो यह देश की सबसे इंटेलिजेंट मोहतरमान जिन्होंने कहा था की हमें दो में आजादी मिली तब इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया तब तो चीन देश प्रेमियों ने अपनी खून पसीने को एक करके अपनी बलिदान देकर इस मिट्टी को आजादी दिलाया था क्या उन लोगों की अपमान नहीं हुआ इस स्टेटमेंट के जरिए लेकिन किसी ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया और बात रही भगवान की अपमान के बारे में तो इस मोहतरमा की एक मूवी से लौकात जिस मुज की पोस्टर में आप देख सकते हो ये मोहतरमा सेंडेल पहनकर भगवान रंग को अपनी पैरों के नीचे दबा कर रखा है क्या आप भगवान की अपमान नहीं हो रहा है या फिर अंधे भक्तों को दिखाई नहीं दे रहा है कि की भगवान की अपमान हो रहा है लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है इसके खिलाफ आवाज उठाने का क्यूँकी ये बीजेपी को प्रमोट करता है और इसीलिए अगर ये भगवान रंग अपमान करते हैं तो ये सही है लेकिन अगर उसमें कोई मुस्लिम एक्टर है तो फिर वो गलत है और वहां पर सनातन धर्म की अपमान होती है अगर बात भगवान रंग की और सनातन धर्म के अपमान किया तो रूल्स तो सबके लिए एक होना चाहिए प्रोड्यूसर सरलिन चोपड़ा जो कि खुद को देश प्रेमी बताते हैं उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकन इस मूवीज के गाने में भगवान रंग की ड्रेस पहनकर कर अश्लीलता से डांस कर रहा है इससे सोसाइटी में अश्लीलता फैल रहा है और साथ ही साथ सनातन धर्म की अपमान हो रहा है अब वो इंसान लोगो को सनातन धर्म की बात पढ़ा रहे जो इंसान खुद विदआउट ब्राह्म फोटो खींचा कर उस फोटो को इंटरनेट पर अपलोड करता है आप भगवान रंग पहन कर को गालियां दे सकते हो रेप कर सकते हो आतंक मचा सकते हो लेकिन अगर मूवीज में एक्टर मुस्लिम है तो फिर आप भगवान रंग की बिकिनी पहनकर कर मूवीज में डांस नहीं कर सकते हो क्यूँकी इसमें सनातन धर्म की अपमान होता है बीजेपी की पॉलिटिशियन शो कर जो धर्म के ठेकेदार है जो अंधे भक्त है इन लोगों को ना ही तो देश की जनता ऐसी प्यार है और ही सनातन धर्म से प्यार है अगर प्यार होता तो सबके लिए रूल्स एक होता और सबके खिलाफ आवाज उठाता लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही तरफ आवाज उठाया जाता है और इसका एक ही वजह है बस किसी भी तरीके से लोगों को मेनुपुलेट कर दो इसी भी तरीके से लोगों के ध्यान को देश की इशू ऐसी हटाने के प्रयास में लगा हुआ है ताकि देश की जनता को पता ही न चले कि एक्चुअली देश के अंदर हो क्या रहा है मेरी बातों से शायद कई सारे लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन जो भी कहा आधार पर कहा उम्मीद करता हूँ वीडियो पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यू ऑल द बेस्ट